कोलार में लोगों को जल्द ही सर्वधर्म पुल पर लगने वाले जाम से निजात मिलने वाली है अब सर्वधरम पुल को चौड़ा कर सिक्स लेन बनाया जाएगा कोलार वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है कोलार में बने सर्वधर्म पुल को चौड़ा कर इसे सिक्स लेन बनाया जाएगा जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है इस पुल के निर्माण कार्य में लगभग पांच करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और अगले माह से ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा पुल के बन जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा पुल निर्माण से पहले सर्वे करने के लिए विभाग अधिकारी पुल का दौरा करने पहुंचे इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे विधायक शर्मा ने भूमि पूजन किया और बताया कि पुल निर्माण से लगभग पांच लाख आबादी लाभान्वित होगी देखिए लगभग इसमें पाँच लाख से अधिक आबादी को फायदा होगा क्योंकि साढ़े पौने चार लाख आबादी हमारी कोलार की है जो वर्तमान में है नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र इससे टच है साथ में इस रोड ऐसी जिन मंडी द्वीप से जो आने वाले लोग हैं वो भी इसी रोड से आते हैं तो उनकी आवाजाही में भी इसकी सुविधा होगी और इसलिए इस पुल से हम ये कह सकते हैं कि जो सुबह जाम लगता था साढ़े दस बजे से बारह बजे के बीच में उधर साढ़े चार बजे से लेकर रात्रि को साढ़े सात और आठ बजे तक जो जाम रहा करता था उसके कारण नागरिक और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती थी कि एम्बुलेंस तक फंस जाती थी और लोगों को हम सुविधा देने में हमें अपने आप में बहुत ऐसा महसूस होता था कि हम नागरिकों को ये सुविधा नहीं दे पा रहे और को जब कोई अनहोनी हो जाती थी तो हमारा दिल एकदम से मतलब बेवश हो जाता था और आंखों में आंसू आते थे कि हम कब सुविधा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और आज हमने पांच करोड़ रुपए की लागत से लगभग साढ़े तेरह मीटर चौड़ा और वैसे ये पंद्रह मीटर रोड है पुल है और लगभग पैंसठ मीटर लंबा ये पुल है जो वर्तमान में पुल है उससे बराबर का ये पुल बना जाएगा ये पुल आगे चल जब तैयार होगा तो सिक्स लेन पुल होगा और 5 लाख से अधिक की आबादी को इसको सीधा लाभ होगा